बदले सलाम दिन तक दिन ताना दर्द दिल ले चुके पता ना पता ना नचिन ना झूमे गाए दिल झूमे समाना आ तू ही प्यार नहीं